दीजे, दीजे, दीजे, दीजे। संतोष कुछ दिन जी डीजे संतोष कुनेल रीमिक्स Yeah संतोष रीमिक्स, रीमिक्स, रीमिक्स, रीमिक्स, डीजे डीजे डीजे संतोष संतोष संतोष बरासी, बरासी, मतलब bye जी तो